दिल से बंदन जो की माता रानी की पूजा अरचन जो की माता रानी की शेर पे सवार दौड़ी आएंगी माँ अपने भक्तों को दिल से लगाएंगी माँ भक्त प्यारी है मेरी मैया चली आएंगी पुकार फूल के भक्त प्यारी है मेरी मैया चली जाएंगी पुकार दिल से बंदने जोखी माता रान की पूजा अर्चने जोखी माता रान की शेर पर सवार दौड़ी आएंगी माँ अपने भक्तों को दिल से लगाएंगी माँ अपने भक्तों को दिल लगाएंगी माँ भक्त प्यारी है मेरी मैयाएंगी पुकार सुन के माल मैया का बंदन करो ले गंगा जल वो रोड़ी का चंदन करो उस माला ले लेया का बंधन करो ले गंगा जल वो रोड़ी का चंदन करो सुमन मन है मैया चलियाएंगी पुकार सुन के प्यारी है मेरी मैया चली आएंगे पुकार सुने के मंदिर जाकर तुम माता का दर्शन करो मंदिर जाकर तू माता का दर्शन करो सिर झुका कर माता का अभिनंदन करो सिर झुका कर माता का अभिनंदन करो अति भोली अति भोली वो न्यारी है मैया अति भोली वो नारी है मैया चली आएंगे पुकार सुन के बट प्यारी है मेरी मैया चली आएंगे पुकार सुन के दिल से मैया से जो तुम मनत मांगोगे दिल से मैया से जो तुम मनत मांगोगे मन चाह मैया से तू फल पाओगे मन चाह तुम मैया से फल पाओगे और शोक प्यारी है मेरी मैया सुख प्यारी है मेरी मैयाएंगी पुकार सुन के बहुत प्यारी है मेरी मैया चली आएंगी पुकार सुन दिल से बंधन जोखी माता रान की पूजा अर्चन जोखी माता रान की